हे hey गाई नमस्कार आप लोगों का टैपल क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है गाई आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा दस की भौतिक विज्ञान की दोस्तों और आज की टॉपिक हमारी रहने वाली है लेंसों के सूत्रों पर आधारित और आज हम उन्हीं का चर्चा करेंगे दोस्तों जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और पूछने के जो चांस होते हैं दोस्तों उन्हीं सभी प्रश्नों का आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों और आज हमने कुछ चीजें पहले से लिखा है दोस्तों वो चीजें यदि आपके दिमाग में रहती है यदि आपके दिमाग में है तो आप किसी भी सवाल को मिनटों दो मिनटों में लगा सकते हैं दोस्तों तो आज हम इन चीजों से रूबरू होंगे इनको रूबरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो एक छोटा सा काम है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं ये सब चीजें क्या है दोस्तों ये सारी चीजें चिन्ह परिपाटी से लिखी गई हैं। और आपको बताया गया है पर कुछ प्यारे से ऐसे बच्चे होते भी पता होना चाहिए तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है आवाज जिन फार्मूले पर हम सवाल का अध्ययन करने वाले हैं वो सारे फार्मूले नीचे लिख दिए गए हैं अब इन्ही सवाल इन्हीं फार्मूलों पर आज हम सवाल का अभ्यास करेंगे दोस्तों और आपके आज इस वीडियो का और इस का आपका सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है अगर अभी जितने बच्चों ने शेयर नहीं किया होगा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने उन सभी दोस्तों के पास जिनको यूपी बोर्ड टॉप करना है दोस्तों। चलिए हम लेक्चर की सबसे पहली सवाल आपको स्क्रीन लेक् दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे इस समय प्रश्न दिखाई पड़ रहा है जरा सा हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों एकदम मक्खन के जैसा सवाल है पर बड़ी बात यह है दो 2017, 2011 मतलब यूपी बोर्ड के तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया तीन साल ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो ये क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ सकते हैं आइए सवाल को पढ़ते हैं क्या करा दोस्तों एक वस्तु उत्तर लेंस के द्वारा किसी पर्दे पर तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अर्थात आप समझिएगा यह क्या कर रहा है उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर तीन गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा ये आपको बताना है दोस्तों यदि आप सोचो वो क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा हमने आपको बताया दोस्तों की आवर्धन का फार्मूला यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपके सामने यहां लिखे हैं यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिए हैं ना तो वस्तु की लंबाई दिए हैं तो हम ये वाले फार्मूले को सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यम इक्वल टू वी बटे यू डायरेक्टली रखेंगे तो कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे रेखी आवर्धन क्या दोस्तों रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होगा v बटे u के सूत्र का उपयोग करेंगे इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे अब हम आगे आगे धीरे-धीरे बढ़ते हैं। क्या करा कि एक उत्तल लेंस है जिसके सामने कोई एक वस्तु रखी गई है अब अगर आपको थोड़ा बहुत डायग्राम देखना है तो आप डायग्राम से सवाल को समझिएगा प्यारे बच्चों क्योंकि डायग्राम बनाने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं जैसे आपने ये कोई वस्तु रखा है लेंस के सामने इस वस्तु की दूरी u होगी अब बोला है कि इस जो ये जो वस्तु है ना इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से लेंस के वस्तु की दूरी से तीन गुना बनता है आप समझिए कितना बनता है तीन गुना बनता है अर्थात ये m की वैल्यू तीन दी गई है दोस्तों रेखीय आवर्धन की वैल्यू तीन दी गई है m बराबर आपको दिया गया है तीन। कितना तीन गुना जो बोला है वो यम की वैल्यू आपको दी गई है तो यम के स्थान पे अगर हम यहां रख दें तीन बराबर वी बटे यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे प्यारे बच्चों तो v बराबर आ जाएगा थ्री यू अर्थात जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के कितना होगा तीन गुना होगा अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों अब आगे स्थिति में कर रहा कि अर्थात वस्तु पर्दे की स्थिति और वस्तु की स्थिति बदल दी जाए जो वस्तु आपका यहां था वो वस्तु जहाँ पर्दा है वहां पर हो जाए जो पर्दा था वो वस्तु के पास आ जाए तो ये फार्मूला ही बदल जाएगा दोस्तों जहाँ v है वहां u हो जाएगा जहां u है वहां v हो जाएगा तो लिखेंगे दोस्तों वस्तु तथा पर्दे की वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदलने पर वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल देने पर क्या दोस्तों स्थिति बदल देने पर स्थिति बदल देने पर यू हो जाता है, वी यू हो जाता है तो बदल देने पर रेखीय आवर्धन क्या दोस्तों रेखीय आवर्धन मान लेते हैं इस बार रेखीय आवर्धन यम डैश होगा यम डैश बराबर हो जाएगा जहां V है वहां U हो जाएगा जहां आपका u u था v हो गया अब दोस्तों तो आपको पता नहीं है u u ही मान लेते हैं परंतु v जो है वो तीन u के बराबर है u u से यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों एक बटे तीन मिल जाएगा तो जो नया आवर्धन है वो एक बटे तीन आ जाएगा ये प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो तीन साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीन लीजिएगा अभ्यास आज के बताए गए हर सवालों का आप सेल्फ से जरूर कीजिएगा तो। क्रम का अगला प्रश्न देखेंगे तब तक आप इसका सा स्क्रीनशॉट जरूर दोस्तों आपका जो इसी क्रम का दूसरा प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है दोस्तों ये जो प्रश्न है ना वो दो में पूछा गया है किस सत्र में दो में और दो नंबर का पूछा गया ठीक एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है तो आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसीलिए मैंने चार्ट बना के रखा है कहीं भी भटकना नहीं केवल फोकस फोकस करना है अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी है परंतु हम -30 सेमी रखेंगे क्योंकि चिन्ह परिपाटी बताती है कि अवतल फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं होनी चाहिए आगे करा लेंस के सामने लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी गई है तो भाई इस लेंस तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना चलिए अब हम बात करेंगे सवाल क्या करा कि लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है पंद्रह या दस बोल रहा था अभी एक बार कितना दोस्तों पंद्रह सेंटीमीटर कितना है पंद्रह सेंटीमीटर तो वस्तु की दूरी जो होती है अवतल लेंस के लिए क्या होता है रणात्मक होता है क्या होता है रणात्मक होता है तो वो चीज जरूर रखेंगे कि u की वैल्यू जो होती है वो कितना दोस्तों पंद्रह सेंटीमीटर कितना दोस्तों 15 सेंटीमीटर अब आपसे v पूछा प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब हम से सूत्र का उपयोग करेंगे बच्चों हम देख पा रहे होंगे कि लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे तो v की वैल्यू हमको आराम से मिल जाएगी तो लेंस का सूत्र लगाते हैं लेंस के सूत्र से किसके सूत्र से लेंस के सूत्र से क्या कहता है एक बटे वी माइनस एक बटे अगर एक बटे यू माइनस एक बटे यू का पक्षांतर दोस्तों तो प्लस हो जाता है एक बटे वी बराबर एक बटे ये बटे यू केवल दोस्तों सबकी वैल्यू रखनी है की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे माइनस तीस है और यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस है एक बटे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों माइनस पंद्रह माइनस एक बटे तीस रख सकते हैं और यहाँ माइनस एक बटे पंद्रह पंद्रह का तो तीस ही आएगा तीस माइनस एक प्राप्त होगा दोस्तों पंद्रह दूनी तीस तो माइनस दो प्राप्त होगा माइनस दो और माइनस एक जोड़ देंगे माइनस तीस तीन 30 हो जाएगा तीन एक तीन तीन दहम्मा तीस तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो बराबर माइनस एक बटे दस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वीक्वल दस सेंटीमीटर अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वो दस सेंटीमीटर दूर पर बनेगा ये माइनस यहां से हम हटा देंगे क्यों लोहा माइनस चिन्ह को बताता है क्या चिन्ह को बता रहा दोस्तों चिन्ह को यह बता रहा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो अगर अगर ध्यान देना देख लीजिए मैंने चार्ट बना के रखा है कि यदि यदि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब की दूरी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दोस्तों यहां पर देखिए जो ये प्रतिबिंब बना है ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये जो आभासी प्रतिबिंब है उसके लिए ये प्लस है परंतु हमारे लिए क्या आया है माइनस आया है अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर मतलब जिधर वस्तु रखा है उधर ही बनेगा दोस्तों इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है इस प्रकार आपको आंसर में भी लिखना है बोर्ड के एग्जाम में जब आप दोस्तों इतना लिख के आएंगे तो आपकी कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी आप इसका एक स्क्रीनशॉट बात, बात करते हैं अगले प्रश्न की क्या कर रहा है एक सेंटीमीटर है तो अवतल आप फोकस दूरी देख रहे होंगे ऋणात्मक होता है तो माइनस सेंटीमीटर हो गया आगे कर उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए मतलब आपसे यू पूछ रहा है उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने मतलब 12 सेंटीमीटर चिन्ह चिन्ही से माइनस होगा तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल लेंस में होती है वो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा औतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो कि क्या होता है ऋणात्मक होता है तो हमने वहां से देख के रखा दोस्तों अब U की वैल्यू आपसे पूछी है तो लेंस के सूत्र से किसके दोस्तों लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र कहता है एक बटे वी माइनस एक बटे, एक बटे एक। अब हम करते क्या है वेल्यू उठा के रखते हैं वी के स्थान पर रखेंगे एक बटे माइनस बारह माइनस एक बटे यू एक बटे स्थान पर रखेंगे दोस्तों माइनस बीस ये माइनस बारह उधर की तरफ जाएगा तो ये सारा चीज उधर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा प्लस होगा तो एक बटे माइनस बीस प्लस एक बटे बारह बारह और बीस का दोस्तों हम लसापा ले लेते हैं यदि आपको एल्सियम नहीं आया तो आप गुड़ा कर सकते हो उम्मीद है दोस्तों सबको एल्सियम आना चाहिए दो छंगे बारह दम में बीस छह पंचे दस फिर पंद्रह दो तीसम साठ आएगा तीन का गुना एक से करेंगे माइनस तीन बारह पंचे साठ तो पांच का गुना एक करेंगे पांच पांच में से तीन घटाएंगे दोस्तों दो दो बटे ये कटा देंगे एक बटे ये आया एक बटे माइनस मल्टीप्लाई टीमीटर तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा प्रतिबिंब बारह सेंटीमीटर दूर बनेगा वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर क्या दोस्तों तीस सेंटीमीटर दूर रखने पर क्या 30 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा ये रहा आपका इस क्वेश्चन का जवाब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और ये जो है तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और यूपी बोर्ड के 2015 और 12 में पूछा गया है और कितने नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों तीन नंबर का है क्या कर रहा है एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों उत्तर की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए फोकस दूरी को हम लिखते समय ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे इस बार तो है किसी वस्तु के दो गुणे वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के दो गुणे अर्थात यम की वैल्यू दो दिया भी जस्ट हमने ऐसा पहला सवाल हम लोगों ने लगाया था दोस्तों दो गुने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूरी पर रखना होगा लेंस को कितनी दूरी पर रखना होगा अर्थात दोस्तों u की वैल्यू पूछा दोस्तों आप देखिए इस प्रकार के जो गुने वाले सवाल हैं वो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों आप ऐसे सवाल का अभ्यास जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सब सवाल आपको अच्छे मार्क दिलाते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं ध्यान से देखिएगा यदि हमारे पास तो हमारे पास पास पहले v की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी तो वाला फॉर्मूला है यम बराबर होता है बटे बटे अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यम की वैल्यू क्या रख देते हैं दो रख देते हैं v बटे u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें v बराबर आ जाएगा 2u दो परंतु दोस्तों एक बात यहां ध्यान से देखना होगा कि मुझे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होगा और चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने के बाद यदि आप देखेंगे तो आपको जो ये चीज होगी वो आपको क्या मिलेगी माइनस मिलेगी v की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों तो माइनस दो होगा अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों लेंस का सूत्र उपयोग करके U की वैल्यू क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं तो चलिए लेंस के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे U की वैल्यू लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कहता है एक बटे, v एक बटे, u एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे अब वैल्यू रखते हैं V की वैल्यू कितनी है माइनस टू यू एक बटे माइनस है बराबर एफ की वैल्यू कितनी है पचास है टू यू और यू का आप एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं दोस्तों कितना आएगा यदि दिक्कतें आती हैं तो आप ऐसे कर लीजिए माइनस टू यू माइनस खटाइए यहाँ से कोई जरूरत नहीं माइनस हम ऊपर लिख लेंगे टू यू और ये यू आ गए अब क्या करते हैं टू यू, टू यू से कैंसिल होगा यू का गुना इधर होगा तो माइनस आएंगे यू यू से कैंसिल होगा तो माइनस का गुना यहाँ हो जाएगा ठीक बराबर एक बटी क्या करते हैं आगे हल करते हैं इधर की तरफ तो माइनस यू और माइनस टू यू जोड़ के माइनस थ्री यू आ जाएंगे नीचे क्या हो जाएगा दो यू स्क् एक यू यू से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इधर एक बटे क्या मिलेगा पचास मिलेगा क्या करते हैं दोस्तों गुना करते हैं दो का दो का गुना इधर कर देते हैं इनका गुना यहाँ करते हैं तो तीन बटे दो यू बच्चा है नीचे बराबर एक बटे पचास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दो यू पचास दिए डेढ़ सौ एक सौ पचास हो गए दो से कटा देंगे दोस्तों तो पचहत्तर आ जाएगा अर्थात यू की वैल्यू माइनस पचहत्तर सेंटीमीटर होगी अर्थात उस वस्तु को हम कहां पर रखेंगे माइनस पचहत्तर सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दो गुना बनेगा एक बार आप एंसर जरूर मैच कराते हैं दोस्तों की क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं जी बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं दोस्तों लेंस जो वस्तु है उसको पचहत्तर सेंटीमीटर दूर ही रखा जाएगा आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिएगा फिर हम बातें करने वाले अगले प्रश्न का और अगला प्रश्न भी दोस्तों आपसे जो है तीन नंबर का पूछा गया है आइए हम देखते हैं तीन नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा वो भी दो में ही पूछा गया किस सत्र पूछा गया दोस्तों दो में पूछा गया है तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि तीन नंबर का दोस्तों और हमारा क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है, है क्या कर रहा है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर देखो दोस्तों वस्तु की दूरी दोनों के लिए ऋणात्मक होती है तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस सेंटीमीटर आगे क्या कर रहा है कि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है दोस्तों तो देखिए उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है प्लस होती है अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो v होगी वो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे आगे क्या कर रहा है दोस्तों आगे आपसे क्या कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अर्थात ज्ञात करना प्यारे बच्चों जो प्यारे बच्चे थ्योरी की क्लास अटेंड किए होंगे और आज कुछ सवालों का अभ्यास कर लिए हैं वो बच्चे इन सवालों का जवाब जरूर दे सकते हैं वीडियो को भी आप यही पॉज कीजिएगा और इन सवालों को अपने आप से लगाइएगा कि देखिएगा आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि काश हम 2015 के एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं और ये तीन नंबर का अगर हमारे लिए प्रश्न आया होता क्या हम इस प्रश्न को इस समय कर सकते हैं प्यारे बच्चों जो कीजिएगा करने के बाद आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा सूत्र का उपयोग करेंगे दोस्तों लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र लगाता है एक बटे वी माइनस एक बटे यू अब क्या करते हैं दोस्तों v की वैल्यू रखते हैं एक बटे बीस है यू की वैल्यू कितनी है माइनस तीस है दोस्तों साठ आएगा क्या आएगा साठ चलिए क्या करते हैं तीस और बीस का लसा लेते हैं तो साठ आएगा बीस त्याई साठ तो तीन आ जाएगा तीस दूनी साठ तो दो आ जाएगा बराबर एक तीन दो पांच पांच बटे साठ पांच के पांच बारह आ जाएगा एक बटे यॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों अगली बार आ जाएगा यहाँ बारह सेंटीमीटर अर्थात इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी अर्थात फोकस दूरी धनात्मक है तभी तो आपके प्रश्न में उत्तल लेंस दिया था इस प्रकार आपका दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 2016 में पूछा गया है किस सत्र में पूछा गया दोस्तों 2016 में और ये चार नंबर का 2016 के एग्जाम में पूछा गया था क्या आप इस इन प्रश्न को जानना चाहते हैं जो 2016 में चार नंबर का पूछा गया दोस्तों वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगेगा तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों छठवा है ये अब आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कर रहा है पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से भैया हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है ना तो यह बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पंद्रह सेंटीमीटर अर्थात ये धनात्मक वैल्यू रखेंगे उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु वस्तु की दूरी तो सबके लिए क्या होती है ऋणात्मक होती है U की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी दोनों बताइए यानी प्रतिबिंब कहा पर बनेगा प्रतिबिंब कहा पर बनेगा यह बताना है V की वैल्यू ज्ञात करनी है तो चलिए दोस्तों लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे क्या करेंगे लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से क्या करेंगे एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे योग करेंगे दोस्तों वी की वैल्यू कितनी है पता नहीं परंतु यू की वैल्यू पता है यू की वैल्यू पता है ना माइनस यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस तीस है बराबर एक बटे येल्यू पंद्रह है माइनस माइनस कट जाएंगे तो एक बटे यू वी प्लस एक ये वाला पक्ष उधर जाएगा दोस्तों तो ये वाला पक्ष जब उधर जाएगा तो ये वाला पक्ष जब बराबर उधर जाएगा तो माइनस होगा पंद्रह और तीसियम तीस आएगा दोस्तों पंद्रह तो दो तीस, कन्नम तीस एक दो में से एक घटाएंगे एक बटे तीस एक बटे वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों वी बराबर तीस सेंटीमीटर अर्थात जो प्रतिबिंब है वो तीस सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा सोचिए आपको चार नंबर का जो प्रश्न आता है वो इतना सरल आता है तब भी कुछ प्यारे से नन्हे मुन्ने जो बच्चे रहते हैं वो एग्जाम में इन प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं दोस्तों तो जाके कष्ट होता है आप ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि आपको आप किस किस तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को छोड़ रहे हैं आप प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है यदि न्यूमेरिकल आते तो न्यूमेरिकल कीजिए ये नहीं कि न्यूमेरिकल के स्थान पर आप थ्योरी क्वेश्चन दस आप पास कर लोगों प्यारे बच्चे ग्यारह बारह की क्लासे में आपको हर सेवेंटी परसेंट आपको जो है न्यूमेरिकल से ही रूबरू करना पड़ेगा तो आप इसका एक लीजिएगा फिर हम अगले क्रम का प्रश्न देखते हैं काफी सवाल लेंस के पे हो चुके हैं दोस्तों अब हम ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जो कि इससे हटके हैं देखिएगा दोस्तों क्या करा है आपको स्क्रीन पे 2016 में पूछा गया जो चार नंबर का क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा और ये वाला प्रश्न पहले वाले सवाल के जैसा मिल रहा है दोस्तों एक उत्तर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता दुगुना बड़ा मतलब जब गुना आ गया तो यम की वैल्यू दो गुना दिया है आगे कर रहा यू की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है परंतु दोस्तों माइनस लगा देंगे क्योंकि वस्तु की दूरी दोनों लेंसों में ऋणात्मक होती है आगे कर रहा की लेंस की आपको क्या ज्ञात करनी है लेंस की क्या बताना दोस्तों फोकस दूरी ज्ञात करनी, चाहिए यू की वैल्यू आपको दी गई है परंतु वी की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसके लिए हम एम का फॉर्मूला लगाएंगे एम बराबर होगा वी बटे यू और दोस्तों हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो U होता है या हम बात कर ले किसकी बात कर रहा है उत्तर किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो तो तो माइनस वी, वी बटे यू हो जाएगा अब ध्यान से देखिएगा माइनस वी वी की वैल्यू नहीं पता परंतु यू की वैल्यू पता है माइनस पंद्रह होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो v बटे पंद्रह यहाँ यम की वैल्यू दो है बटे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ से एफ आसानी से ज्ञात कर लेंगे लेंस के सूत्र से किसके सूत्र से दोस्तों लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कहता है एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ चलिए वैल्यू रखते हैं v की वैल्यू एक बटे तीस है u की वैल्यू कितनी दोस्तों माइनस पंद्रह है बराबर एक बटे माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा प्लस एक बटे पंद्रह इक्वल टू एक बटे यहां तीस का लसअप दोस्तों तीस तीस एक तो ये आपका एक आ जाएगा पंद्रह दूनी तीस तो दो आ जाएगा एक बटे यो एक तीन तीन क्या हो जाएगा दोस्तों तीस बराबर एक क्या करते हैं तीन एक नव तीन तीन दहमां तीस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह बराबर क्या जाएगा दस सेंटीमीटर तो जो फोकस दूरी होगी वो आपकी कितनी आएगी दोस्तों तो दस सेंटीमीटर आएगा इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेजिएगा दोस्तों अब हम कौन से फार्मूले पे चर्चा करेंगे इन फार्मूले पे लेंस की क्षमता पर आधारित कुछ प्रश्न दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे इस समय प्रश्न दिखाई पड़ रहा है वो यूपी बोर्ड के दो में क्वेश्चन पूछा गया है और दो नंबर के कितने दोस्तों दो नंबर का पर प्रश्न ये आपके जो इतनी देर तक आप लोग लगा रहे थे उस प्रश्नों से अलग है क्या पूछ रहा किसी लेंस के वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का जो अनुपात है एक अनुपात चार है मतलब वस्तु की लंबाई अर्थात एच और बटे एच डैश यही चीज कर रहा है ना दोस्तों क्या कर रहा है एच बटे एच डैस बराबर एक बटे चार या हम इसी को दूसरे वर्ड में लिखना चाहें इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों एच अनुपाते एच बराबर एक अनुपात चार ये दिया है अब आपसे पूछ रहा है यू और वी में क्या अनुपात होगा अर्थात U और V का अनुपात पूछा क्या पूछा दोस्तों U अनुपात V की वैल्यू फाइंड आउट करना कितना सरल सवाल है दोस्तों केवल घुमा के पूछा है आप एक फार्मूला जानते थे दोस्तों M बराबर होता है H डैस बटे H बराबर V बटे यू परंतु वो पूछा है U बटे वी यू और V का अनुपात यू ऊपर जाएंगे वी नीचे आएंगे तो H भी ऊपर चला जाएगा H डैस भी नीचे आ जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिल जाएगा उसको तो ये ध्यान दीजिएगा H बटे एच डैस हो जाएगा बराबर V बटे यू बटे क्या हो जाएगा V मतलब इस ये ऊपर चला जाएगा तो ये पक्ष भी ऊपर आएगा ये पक्ष नीचे आ जाएगा ये पक्ष नीचे आ जाएगा बात समझ रहे हैं आप अब आप देखिए यदि हम इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यच अनुपाते तो इसे लिख सकते हैं यू अनुपात भी तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है ध्यान से लिखिएगा दोस्तों अब आप जानते हैं ठीक यदि हमको क्या चाहिए यदि एक मिनट आपसे क्या यू और यू पूछा था पूछा दोस्तों ठीक तो तो तो में अनुपात पूछा है। तो आपका प्रश्न अभी तक तो सही चला था। अब देखिए बटे एच डैस का अनुपात कितना दोस्तों एक अनुपाते चार बराबर देखिए कितना गजब मक्खन के जैसा ये सवाल आया आपको कुछ भी नहीं करना था H बटे, H का अनुपात दिया था वस्तु की लंबाई लंबाई एक थी, की लंबाई चार थी, की ठीक ये दिया था। यू था था, अब और पूछ पूछ रहा रहा हमारे पास एक इक इकलौता बराबर फिर वो रहा, यू का अनुपात वी से, तो प्राप्त हो जाता है रहा आठवां नंबर तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर नौ इस समय इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों क्या करा है बड़ी बात यह है 2018 में चार नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों जो 2018 दो में चार नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या करा है एक लेंस 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु तो भैया यू तो सबके लिए ऋणात्मक होता है इसके लिए भी ऋणात्मक होगा चाहे जो लेंस हो दुगना बड़ा मतलब दुगना मतलब एम की बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है आभासी इससे पहले ऐसा सवाल आया था तो वहां वास्तविक कह रहा था इसलिए माइनस लगा था अब यहां आभासी कह रहा है तो हमारे पास क्या करा लेंस के प्रतिबिंब की दूरी अर्थात विज्ञात करना है वी फाइंड आउट करना दोस्तों आगे करा लेंस की फोकस दूरी बिना तो वी फाइंड आउट किए आप इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो हमारे पास एक फार्मूला आता दोस्तों बराबर होता है वी बटे यू। यू, वी बटे यू। अब आप कहोगे सर आप माइनस इस बार क्यों नहीं लगाए तो प्यारे बच्चों यहां आभासी की बात हो रही है तो आभासी में प्रतिबिंब आपके ऋणात्मक नहीं होता U आपका ऋणात्मक होता है तो रखेंगे V की वैल्यू माइनस सोलह हैत्तीस अर्थात माइनस बत्तीस सेंटीमीटर आएगा ये किसकी वैल्यू आप प्राप्त कर लोगे वी की वैल्यू जो आपसे फर्स्ट पोर्सन में पूछा था अब यही पूछा लेंस की फोकस दूरी तो भाई लेंस के सूत्र से लगाइए लेंस के सूत्र का उपयोग कीजिए लेंस का सूत्र कहता है एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे यहाँ करते हैं अब ध्यान से देखिएगा की वैल्यू तो नहीं पता है पता है की एक बटे माइनस बत्तीस माइनस यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस सोलह है बराबर माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो एक बटे माइनस एक बटे बत्तीस सोलह और बत्तीस का ला सप इक्के बत्तीस तो यहाँ माइनस एक आ जाएगा प्लस 16 32 दो एक के दो, बराबर एक बटे यॉस मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा बत्तीस सेंटीमीटर तो इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी बत्तीस सेंटीमीटर आएगी जो की आपके चार नंबर का प्रश्न था इस प्रकार आप करोगे, इसका फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा पूछा है, है, और साथ में लेंस की प्रकृति पूछी है लेंस की प्रकृति। तो दोस्तों यदि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता के रखा कि अर्थात किसी लेंस की जो क्षमता होगी या किसी लेंस की जो होगी वो उसके फोकस फोकस दूरी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है है यदि आपकी क्या आती तो, आता है, तो लेंस होता है, और फोकस धनात्मक आता है, लेंस होता है। तो, आए, पहले हम एफ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है लेंस की क्षमता का पी बराबर एक बटी एफ आप इसे मीटर में ज्ञात कीजिए चाहे जिसमें आपका सवाल सही रहेगा अब देखिए यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बराबर आ जाएगा एक बटे, बटे माइनस तो दो मीटर आएगा किसमेंगे जीरो दशमलव दो मीटर आप चार सौ का गुना कर दीजिए चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए हाँ देखिये फोकस दूरी ऋणात्मक आई है लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी क्या है ऋणात्मक है फोकस दूरी तो? तो? इस प्रकार दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन कम्प्लीट होता है आप इसका एक बार आंसर जरूर मिलाएंगे आंसर आपका मैच कर रहा होगा आगे दोस्तों आप इसी क्रम का आपका अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या करा वो दिखेगा वो 2019 में यहीं पर बात कर ले रहे हैं अब प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 हजार उन्नीस में दो नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जब भी पूछेगा तो आपको दो ही नंबर का पूछेगा क्या करा किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है अर्थात p इक्वल टू माइनस दो डायोप्टर यू है और लेंस किस प्रकृति का होगा वो बताना है दोस्तों तो आइए सेम टू सेम ऐसा सवाल है इन सवाल को हम छोड़ दे रहे तो आप लगाएगा या बराबर एक पी और इसका जवाब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग कमेंट में जो है अपना रिप्लाई नहीं देते दोस्तों कि लेक्चर कैसा लगता है थो दोस्तों तो थोड़ी सी निराशा होती है तो आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि कमेंट आपका जो प्रश्न है इस जो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको क्या आता है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों यदि दी नहीं आएगा पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आने की कोई ऐसी ना आने की कोई बात यहाँ होगी ही नहीं आना अनिवार्य है दोस्तों दोस्तों इस प्रकार दोस्तो, आज आपने जितनी भी टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल का आपने अभ्यास कर लिया दोस्तों तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए आज आपने जितने भी सवालों का अभ्यास किया दोस्तों उसका सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो उसको आप जरूर कीजिएगा तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय जाह भारत थैंक यू ऑल ऑल्ड स्टूडेंट टॉप टेन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद